हेलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एम से एन दोस्तों इंडियन आर्मी रैली के एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो कैसे डाउनलोड करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है उसके अंदर आपको इंडियन आर्मी टाइप कर देना है यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जॉइन इंडियन आर्मी इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये कैप्चा कोड है वो फिल कर देना है फिल करने के बाद में तोर से आपको नीचे की ओर स्कोर करना है यहाँ पर जीसीओ और अप्लाई लॉगिन इन इस पर आपको ओके कर देना है यूजर नेम आपकी ईमेल आई रहेगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किए थे वो यहाँ पर फिल कर देना है और साथ में कैप्चा कोड है वो एंटर कर देना है जैसे मैं आपको इंटर करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ओ लॉन्गवे पर क्लिक कर देना है जिससे कि आपकी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको ओके करना है ओके okay करने के बाद में यहां पर आपने इंडियन आर्मी के अंदर जितने भी दैली के अंदर भाग लिए हैं उनके एडमिट कार्ड आपको यहां पर मिल जाएंगे तो लास्ट लास्ट है यहां पर डेट उसकी टाइम आ जाएगा तो उसको आपको ओके कर देना है प्रिंट नीचे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसको यहां से सिंपली डाउनलोड कर देना है ये जीप फाइल के अंदर डाउनलोड होती है और उसके पासवर्ड होते हैं आपकी ईमेल आईडी जैसे यहाँ पे ये इसका पासवर्ड मांग रहे हैं तो पासवर्ड इसकी होगी ईमेल आईडी तो यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए आपको अपनी यूजर आईडी जो ईमेल आईडी है वो स्मॉल में टाइप कर देनी है और यहाँ पर आपको सबमिट बटन देने क्लिक कर देना है जिससे कि आपका एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा इसके अंदर डेट और टाइम है वो दोनों आपको मिल जाएंगे और ये एडमिट कार्ड आपको रंगीन प्रिंट आउट करवाना है दो फोट दो कॉपीज़ की आपको ले जाना है और यहाँ पर इसके अंदर भी दे रखा है ऑनलाइन एडमिट कार्ड ओरिजिनल ओरिजिनल आपकी जो टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट है जिस क्वालिफिकेशन से आपने ये फॉरम भरा है उसकी ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए साथ में आपको मोहन निवास और जाति प्रमाण पत्र संबंधित क्रेडिटी को वो ले जाना अनिवार्य है जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए पुराना नहीं होना चाहिए और यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको ले जाना है साथ में अंदर एन सर्टिफिकेट है तो वो ले जाना है एफिडेवट जो जिसकी उम्र अठारह साल से कम है उनके लिए एक एफिडेविट बनवा के आपको ले जाना होगा और साथ में प्लीज़ टेक ए गुड क्वालिटी लेजर प्रिंट आउट ऑन ब्लैक एंड वाइट जो ये आपका एडमिट कार्ड आप निकलवाते हो वो अच्छी क्वालिटी के अंदर होना चाहिए इसकी दो कॉपी बाकी डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल ले जाना है अपना आधार कार्ड है टेंथ की मार्कशीट है ट्वेल्थ की मार्कशीट है और आपकी जो मूल निवास है कार सर्टिफिकेट है वो और इसके अलावा इसके अंदर आपको ये सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा अहिवायत प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको सरपंच के द्वारा मान्य किया जाएगा इसके अंदर सरपंच की सिग्नेचर और मोहर होती है ये आपको बनाना है और आप अपने जो इसके अंदर जो डेट और टाइम दे रखा है उसका विशेष ध्यान रखिए। उससे पहले पहले अपना एडमिट कार्ड है वो निकलवा लें इस उ... इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्स में मिल जाएगी जहाँ से जाके आप डायरेक्ट है वो इस साइड विजिट कर सकते हो और अपनी आई और पासवर्ड है वो लगा के अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हो इसके अलावा यदि आप आई और पासवर्ड बुल गए हैं आईडी डी तो लगभग सभी के पास मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन दिखाई देगा दिखा। इस पर आपको ओके करना है या इसके अलावा आप यूजर नेम भूल गए हो तो यूजर नेम भी अपना प्राप्त कर सकते हो इसे फॉरगेट के ऑप्शन पर ओके करना है आपको मोबाइल नंबर और टेंथ की मार्कशीट के अंदर जो सर्टिफिकेट नंबर आते हैं वो टाइप कर देना है इसी आपका यूजर नेम आपके मोबाइल नंबर पर या आपकी ई मेल आई चला जाएगा इसी तरह आप पासवर्ड भी फोरकेज कर सकते हो पासवर्ड फॉरग्रेड करने के लिए आपको ई मेल टाइप करनी है साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ चाहे तो आप टेंथ की मार्कशीट के जो प्रमाण पत्र सिंह है वो भी लगा सकते हो या फिर आप मोबाइल नंबर से भी इसको रिसेट कर सकते हो तो दोस्तों तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मिलते हैं एक नेक्स्ट और नए ने अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम